ये रे रे रे बारा बारह डाल रे, रे रे मारी रे वायली कबड का, का बाप बदलता दोस्त कह रहा है तुम्हारे वायली कबड का ये रे रे रे मारी रे वाय कला दे